में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग क्लास का नंबर वास्तविक संख्याओं का, का प्रयोग कीजिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलिए एक सौ पैंतीस और दो सौ पच्चीस का क्या करना है ऐसे पता नहीं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाग लगाएंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं यानी एक सौ पैंतीस से क्या करेंगे दो सौ पच्चीस को भाग देंगे देखिए एक सौ पैंतीस से एक बार में जाएगा 135 एक सौ पैंतीस से और नब्बे बच गया से इस पर अभी तक जीरो नहीं आया तो क्या हो जाएगा शेष बन जाएगा भाजक और जो भाजक है वो क्या बन जाएगा भाज्य ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं पहले वाले ही वीडियो में तो 135 क्या बन गया भाज बन गया देखिए नब्बे का कितना बार में एक बार ये भी लगेगा नब्बे का नब्बे दो बार में ज्यादा हो जाएगा अब देखिए शेषफल नहीं आया शेषफल बन जाएगा क्या भाजक और जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य फिर से वही वाला पैतालीस धोनी नब्बे देखिए शेषफल अब क्या गया जीरो तो हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं इस प्रकार लिखते हैं हम लोग इसको शो नहीं करना है हम लोग को कैसे लिखना, लिखना है देखिए फल लिखना है यूक्लियड विभाजन एल्गोरिथम, का प्रयोग करने पर देखिए देखिये विभाजन का प्रयोग करने पर यानी यूक्लिड किस प्रकार होता है a बराबर बी क्यू प्लस यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल फल प्लस शेष तो देखिए पहला टर्न में जो है वो किस प्रकार है कि भाजपा क्या है 135 और ये भाज क्या है 225 और भागफल फल एक है और शेष फल यहाँ पर क्या है नब्बे आया था वही इस प्रकार लिखना चरण में यानी फेज में लिखना है डाल देना है चरण चरण एक चरण एक में क्या करना है भाज्य भाज क्या है दो सौ बराबर भाजक 135 सौ गुना भागफल भागफल क्या है एक और प्लस शेषफल सेशफल क्या आया था नब्बे और एक चीज लिखना है यहाँ पर अभी देखिए सेसपल जीरो नहीं आया तो यहाँ लिखना है आर इक्वल टू नॉट जीरो आर बराबर जब जीरो आ जाता है यानी सेसपल बराबर जब जीरो आता है तब हम लोग कर सकते हैं कि इसका हिस्से इस इतना है इसका विभाजन विधि द्वारा है ना अब चरण दो लिखिए उसी प्रकार चरंदो कैसे लिखेंगे अब देखिए ये बन गया क्या बन गया भाजक और ये यहाँ पर आ गया भाज्य और ये भाग फल हो गया और यहाँ पर शेष फल क्या आ गया है पैतालीस तो उसी तरह लिखेंगे भाज्य लिखेंगे एक सौ पैंतीस बराबर भाजक भाजक क्या है नब्बे भागफल क्या है एक है और प्लस शेष क्या है पैंतालीस यहां भी वही दूसरे तेरा लिखना है आर इक्वल टू नॉट अब देखिए चरण तीन लिखिए चरण तीन में कैसे हम लोग लिखेंगे कि अब बन गया ये भाजक और ये बन गया भाज और यहाँ पर है भागफल और यहाँ शेष फल क्या जीरो तो यहाँ पर क्या करेंगे नब्बे हो गया भाज्य और पैतालीस हो गया भाजक और दो हो गया भागफल और शेषफल क्या आ गया जीरो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब आर इक्वल टू जीरो मतलब शेष फल जीरो आ गया तो अभी हम लोग लिखेंगे शेष फल जीरो आ गया अब लिखेंगे अंतिम क्या लिखेंगे अंतिम भाजक अंतिम भाजक अंतिम भाजक, अन्तीम भाजक िस है देखिए भाजक अंतिम क्या है पैतालीस अंतिम भाजक है, है। अतः क्या लिखेंगे अतः एक सौ पैतीस और कितना दो सौ पच्चीस का पैतालीस होगा तो इस प्रकार आपको लिखना है कुछ नहीं करना है केवल भाग लगाना है आपको और देखिए स्टेप स्टेप में उसमें बिठाते जाना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष आपको इसको याद कर लेना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल देखिए ये है भाजक ये है भाज्य ये है भागफल ये है शेष फल फिर इ, इ, इ, अब दूसरा चरण में हम लोगों को आ गया ये बन गया भाजक ये बन गया भाज्य और ये बन गया भागफल और यहाँ पर शेष फल आ गया इसी प्रकार कर? लिख करके हम लोगों को बताना है देखिए एक सौ छियानवे और अड़तीस हजार दो सौ बीस का ए निकालना तो क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे एक सौ छियानबे अड़तीस हजार दो सौ बीस तो कितने बार में जाएगा देखिए एक बार से जाएगा एक सौ छियानवे एकम एक सौ छियानवे बारह में छ घटा दिए छ सत्रह में नौ घटा दिए आठ दो में एक घटा दिए एक अब देखिए यहाँ बच्चा दो उतार दिए क्योंकि एक सौ छियासी कम हो जाता है तो दो तारे अगला नंबर अब देखिए एक सौ छियानबे कितने बार में पढ़ेंगे दस बार में ज़्यादा हो जाएगा तो नौ बार में लेंगे नौ छ चौवन चौवन का चार हाथ में पाँच नौ नौ में इक्सी और हाथ में पाँच था छियासी का छः हाथ में रहा आठ नौ एकम नौ नौ आठ सत्रह देखिए बारह में चार घटा देंगे आठ पंद्रह में छः घटा देंगे नौ देखिए दोनों ही सब कट गया अब क्या उतारेंगे ज़ीरो देखिए अगर हम लोग सात बार में लगा देंगे ज़्यादा हो जाएगा छः बार में भी ज़्यादा हो जाएगा देखिए पाँच बार में है ना पूरा पूरा कट जाएगा देखिए पाँच छः तीस, तीस का ज़ीरो हाथ में तीन पाँच नम पैंतालीस तीन अड़तालीस अड़तालीस का आठ हाथ में चार रहा उसके बाद पाँच एकदम पाँच आठ चार नौ देखिए पूरा पूरा कट गया यानी सेषफ फल जीरो आ गया ये हो गया हम लोगों का भाज्य ये हो गया भागफल ये हो गया शेष आप लोग भी इस तरह पहले लिख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन गलत होने का संभावना नहीं रहेगा ये हो गया भाजक और जहाँ पर आप रफ में भाग लगाइएगा इस प्रकार आप लोग भी लिख लीजिए देखिए अब हम लोगों को क्या लिखना है अपना कॉपी में जहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे लिखना है यूक्लिड विभाजन एलगोरिथ का प्रयोग करने पर देखिए यूक्लिड विभाजन एलगोरिथ में क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल और देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे चरण में चरण डालेंगे कितना बार भाग लगा है वो ही होता है चरण देखिए चरण एक में क्या होगा भाज, क्या हो गया भाज्य क्या हो गया अड़तीस हजार दो सौ बीस देखिए भाज्य हो गया अड़तीस हजार हजार आपको यहाँ पर दो सौ बीस लिख देना है बराबर का बराबर उसके बाद में भाजक भाजक क्या हो गया जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं यानी भाग दे रहे हैं एक सौ तो यहाँ पर एक सौ लिख दिए उसके बाद गुना भागफल भागफल मतलब कितना बार भाग लगा है, तो एक सौ और प्लस शेषफल क्या बचा है भाग लग करके तो जैसे जीरो बचा है तो यहाँ पर कोमा लगा देना है और लिखना है आर बराबर जीरो अब देखिए आर बराबर जब तक तो जीरो नहीं आता है तब तक तो तो हम लोग अंतिम भाजक को नहीं हम लोग बता सकते हैं कि इतना एच हुआ क्योंकि भाग विधि द्वारा हम लोग एच पहले ही सीख चुके हैं अंतिम भाजक के जब जीरो आ जाता है शेष तब वो अंतिम भाजक को हम लोग मान लेते हैं एच के रूप में तो देखिए यहाँ पर लिखना है ये इक्के बार में पूरा कट गया है ना तो यहाँ पर चरण एक आया और तो कुछ किसी किसी में दो बार तीन बार भाग जाएगा तो उस चरण दो चरण तीन इस तरह लिखना है तो क्या करना है देखिए अभी लिखना है अंतिम भाजक क्या लिखना है अंतिम भाजक अंतिम भाजक कितना हो गया अंतिम भाजक हो गया एक सौ छियानबे और क्या हो गया अंतिम भाजक एक सौ छियानबे है इसीलिए हम लोग क्या मान सकते हैं इसको एच तो लिखना है अतः अतः एक सौ छियानवे और जो प्रश्न में है वो लिखना है एक सौ और अड़तीस का एच सी होगा ये हो गया इस तरह करके आपको लिखना है सबसे पहले आपको भाग लगा लेना है सबसे पहले आपको भाग लगा लेना है इस प्रकार और इसको रफ को रफ में भाग लगाना है उसके बाद में लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर उसने ये वाला आप लिख लीजिए आपके लिए अच्छा होगा उसके बाद लिखना है चरण डालना है यानी कितना बार भाग लगा है तो उसी प्रकार क्या होता है भाजी बराबर भाजी गुना भाग प्लस शेषफल इस प्रकार में लिख देना है और ऐसे बता देना है अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर जाते हैं देखिए आठ और 255 का ए बताना है तीसरा नंबर में है आठ और 255 का है ना तो चलिए हम तो लोग बनाते हैं इसको उसी तरह फिर यहाँ भाग लगाना है छोटी संख्या से भाग देना है छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या को कितना है आठ सौ सड़सठ सड़। कितना बार में चार बार में ज्यादा हो जाएगा तो तीन बार में तीन पचे पंद्रह के पाँच हाथ में एक तीन पचे पंद्रह और एक सोलह का छ तीन दूनी छः और एक सात कितना बच गया दो जीरो और यहाँ एक फिर यहाँ पर देखिए अब सेशफल नहीं आया है जीरो अभी तक तो ये भाज जो सेशफल है ना वो बन जाएगा भाजक और जो भाजक है वो बन जाएगा भाज आपको इस तरह कर देना है और यहाँ वाला उतार देना है यहाँ पर समझ लीजिए ये है भाजक वो बन गया भाज क्योंकि जब तक से जीरो नहीं आता है तब तक हम लोग इस तरह हम लोग सिस्टम चेंज करके बनाते रहते हैं तो देखिए 102 कितने बार में जाएगा दो बार में जाएगा एक दूनी दो तो बच गया एक उसके बाद यहाँ पर बच गया पाँच अब देखिए अभी भी शेषपल जीरो नहीं आया है तो क्या हो गया शेसपल बन गया भाजक और जो भाजक है वो तो बन गया भाज इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट हम बेसिक में जब पढ़ा रहे थे तो बता चुके हैं वीडियो ने देखे तो देख सकते हैं देखिए इक्यावन कितना बार में जाएगा दो बार में इक्यावन धोनी एक, एक तो ये पूरा पूरा कट गया कितने स्टेप भाग लगा यहाँ पर देखिए कितने चरण में भाग लगा तो यहाँ पर हो गया हम लोग लिखेंगे फिर उसी प्रकार लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एलगोरिथ यूक्लिड विभाजन एलगोरिथ का प्रयोग करने पर हर क्वेश्चन में इस प्रकार लिखना है प्रयोग करने पर चरण लिखेंगे चरण एक में चरण देखिए चरण एक में क्या होगा कि सबसे पहले भाजी क्या है आठ सौ सड़सठ सड़ बराबर भाजक दो सौ पचपन गुना भागफल फल तीन प्लस शेष फल एक सौ यहाँ तो, कोमा देखे लिखना है R बराबर जीरो नहीं आया है अभी तक उसके बाद चरण दो में चरण दूसरा में लिखना है आपको चरण दूसरा हो गया ये चरण दूसरा मतलब दूसरा स्टेप को दूसरा चरण में हम लोग लिखेंगे अब देखिए ये बन गया भाज ये हो गया भाज भाजक और ये हो गया भागफल ये शेषफल हो गया दूसरा चरण के लिए तो क्या हो गया दो दो गुना दो जोड़ा अभी कोमा लगाकर लिखना है शेषफल जीरो नहीं आया है यानी टू नोट जीरो अब चरण तीन चरण तीन में फिर उसी प्रकार लिखेंगे अब यहाँ पर हो गया ये बन गया भाज ये बन गया भाजक ये भागफल और शेषफल जीरो एक सौ दो बराबर इक्यावन गुना दो प्लस जीरो यहां पर लिख देंगे आर इक्वल टू जीरो अब हम लोग देखिए अंतिम भाजक क्या है इक्यावन तो लिखेंगे अंतिम भाजक अंतिम भाजक बराबर